डैमेज है। मस्त मार कसम दिया जो। क्या ने मस्तिया दे दे दे।, तो दे, दे, दे दे दे दे हम तो बोल रहे हैं भैया क्या भैया अरे यहां ना लड़ यार मैं वहां ज़ूम कर यार या सूट अराउंड से देखो जल्दी